Everyone, आप सबको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे घर बैठे-बैठे हर महीने पैसा इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ करना नहीं सिर्फ एक लिंक शेयर करो और महीने के जितने भी लिंक शेयर करते हो और उस लिंक को आप सेल कर देते हो तो हर मंथ आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सही मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बैल प्रेस कर देना तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर पे आपका एक ओ आएगा और उस ओ को यहाँ पर आप डाल देने के बाद आपका और एक पेज ओपन होगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते कि मैं ओ टी पर डाल देता हूँ और यहाँ पर देख सकते कि फुल नेम यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ जिसके नाम है बादल यहाँ पर मैं बादल लिख देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आता है ईमेल आईडी। डी यहाँ पर जैसे कि मैं मेरा ईमेल आईडी डी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आता है और एक ऑप्शन जिसको यहाँ पर देख सकते कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि सबमिट पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ग्रोमो ऐप लॉगिन हो गया है सो so दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ग्रोमो ऐप लॉगिन हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर बारिया था कि आप कैसे ग्रोमो ऐप से पैसा कमाओगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सा ऊपर के साइड में एक ऑप्शन है वॉलेट का वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल अर्निंग तो दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी लिंक सेल कर देते हो तो उनका पैसा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि वेरीफाइड अकाउंट यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आप आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर सारे डिटेल यहाँ पर आप फिल करने के बाद यहाँ पर जैसे वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि सेल नाम पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आठ आपको जो भी अच्छा लगे इस लिंक से आप क्लिक करना और यहाँ पर देख सकते हो शेयर नाम पर क्लिक करके आप इस लिंक को व्हाट्सएप में आप जिसको चाहते हो शेयर कर सकते हो तो दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिट इस ऐप का बेनिफिट क्या क्या है यहाँ पर लिखा है मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि आप ग्रोमो ऐप के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रोमो का एक आ जाता है लोगो यहाँ पर आपको वॉच वीडियो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो ग्रोमो के बारे में यहाँ पर फुल डिटेल एक्सप्लेन कर देगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो वेजिटिंग कार्ड यहाँ पर जैसे आपको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं मेरा वेजिटिंग कार्ड बना रखा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके आप आपका भेजिटिंग कार्ड बना सकते हो तो दोस्तों इतने थी वीडियो तो दोस्तों इस ऐप का लिंक ही मेरा डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा वहां पर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना